नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल टोटल जी में और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो नई राशन कार्ड की लिस्ट है उसको किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं राशन कार्ड की नई लिस्ट देखने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ ऊपर आपको टाइप करना है राशन कार्ड जैसे आप राशन कार्ड टाइप करेंगे उस पर आप क्लिक कर देंगे और आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी एन एफ एस इन ये यूपी की वेबसाइट है आप अगर अदर इस्टेट से इस लिंक को सर्च करेंगे तो यहाँ पर अदर स्टेट का यूके या हिमाचल प्रदेश जो भी है आपका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके ज़िले का नाम आ जाएंगे और यहाँ पे आपका जो भी ज़िला है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे पीलीभीत का निवासी हूँ तो मैंने पीलीभीत भीत को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद अब बारी है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय क्षेत्र से हैं तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे नीचे जब देखेंगे तो आपका ब्लॉक का नाम शो करेगा तो आप जिस भी ब्लॉक से संबंधित हैं उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं बीसलपुर ब्लॉक से संबंधित हूँ तो मैंने बीसलपुर ब्ला को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपके ग्राम पंचायत की यहाँ पर सूची आ जाएगी तो अगर आप जिस भी ग्राम पंचायत से यहाँ पे संबंधित हैं उस ग्राम पंचायत को आपको ओपन कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे आदिलाबाद बीसलपुर से संबंधित हूँ तो यहाँ पे मैंने उसको ओपन कर लिया है उसके बाद आएगा दुकानदार का नाम तो आपका जो भी कोटेदार यानी दुकानदार है उसको आप देख लेना है और यहाँ पर राशन कार्ड यानी पात्र गृहती वाले पे, आपको अंक यहाँ पर हाईलाइट हो रहे होंगे राशन कार्ड में तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो राशन कार्ड की जो आपके ग्राम पंचायत की जो सूची है वो यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पे आपको आपका राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा यहाँ पे आपके पिता या पति का नाम देखने को मिल जाएगा उसके बाद जब आप इस्क्रोल करेंगे तो आपके जितने यूनिट हैं राशन कार्ड में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों आप इस सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो आई होप की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शाहजहाँ करना ना भूलें मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद